एक आदमी ने अपनी कजिन के साथ शादी की और उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि उस कजिन ने उसे मार डाला पर बाद में उसे उससे प्यार हो गया अब एक्चुअल में हुआ क्या था यह हम मूवी में जानेंगे हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको माय कजिन रेचर टू 2017 की एक मिस्ट्री रोमांस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा तो बिना किसी तरीके एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फिलिप यह हमें स्टोरी सुना रहा है फिलिप जब बहुत छोटा था तभी उसके मदर और फादर गुजर गए थे उसका एक कज़न था जिसका नाम था एमरोस एमरोस ने उसे छोटे से बड़ा किया था वो उसके लिए फादर की तरह था फिलिप फिर सिटी में गया अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की पर उसे सिटी में रहना अच्छा नहीं लगता था तो एमरोस के पास वो वापस आ गया थोड़े दिनों में एमरोस की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी उसका इलाज करने के लिए एक सिटी में वो चला जाता है अब कुछ दिन गुजर चुके थे और फिलिप को एमरोस का लेटर मिला इस लेटर में लिखा था कि अब उसकी तबीयत अच्छी है, को है तो लॉयर बहुत ही इंटरिक्ट हो गया तो एमरोस को कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था ये फर्स्ट टाइम उसने किसी लड़की के बारे में बात की है इसी लॉयर की एक बेटी भी है जिसका नाम है लुइस लुइस एक्चुअल में फिलिप को बहुत लाइक करती है तो फिलिप को इसके बारे में पता ही नहीं है इसके बाद और एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब कुछ दिन गुजर गए और फिलिप को और एक लेटर मिला इसमें एमरोस ने लिखा था मेरी तबियत बहुत खराब है मैं लेटर लिख पा रहा हूँ क्योंकि रेचल यहाँ नहीं है वो हमेशा मुझ पर नजर रखती है इस लेटर से वो बता रहा था कि रेचल उसे मारना चाहती है इस लेटर से वो फिलिप को बुलाता है फिलिप भी जल्दी से निकल जाता है वहां पहुंचने पर एम्ब्रोस के और एक लॉय रेनाल्डी से उसे पता चला कि एम्ब्रोस की डेथ हो चुकी है फिलिप इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया उसे लगता है कि रेचल ने उसे मारा पर रेनाल्डी उसे समझाता है कि एम्ब्रोस को ब्रेन ट्यूमर था अपने लास्ट के दिनों में वो कुछ भी बोलता था फिलिप ने रेचल के बारे में पूछा तो रेचल यहाँ से चली जा चुकी थी रेनाडी ने फिलिप को डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जिस पर साफ साफ लिखा था एम्ब्रोस की डेथ ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी फिलिप इस बात पर बिलीव नहीं करता उसे अपने लॉयर से बात करता है उसने की विल देखी जिसमें लिखा था की सारी प्रॉपर्टी फिलिप को मिलेगी इसमें रेचल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है फिलिप कहता है की रेचल ने उसे मारा लॉयर कहता है रेचल को उसे मारने के पीछे कोई भी मोटिव नहीं है सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हे मिल गई है इस व्हील में और एक शर्त थी कि फिलिप जो 25 इयर्स का होगा तभी उसे सारी व्हील मिलेगी तब तक इस पर उनका लॉयर नजर रखेगा इसका नाम है निक एक दिन फिलिप को रेचल से लेटर मिला वो यहाँ आना चाहती थी फिलिप इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है वो नर्वस था तो उसके पास लुइस आई हुई थी फिलिप डिसाइड करता है कि रेचल के लिए वो बहुत ही घटिया सा रूम देगा लुइस फिलिप को सपोर्ट करने के लिए सहारा देने के लिए यही रुकने के लिए रेडी थी पर फिलिप उसे जोर से मना कर देता है फिलिप को बाद में अपनी गलती रियलाइज हुई उसे सॉरी भी कहता है वो थोड़ी देर में घर से बाहर चला गया था और रात में वापस आया तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि रेचल ऑलरेडी अपने रूम में है रेचल ने अपने खुद के लिए अच्छा सा रूम ले लिया था फिलिप उसे डिनर के लिए लेट करवाने वाला था पर रेचल डिनर करती ही नहीं थोड़ी देर में रेचल ने फिलिप को मैसेज दिया कि अगर वो उसे मिलना चाहता है तो आकर मिल सकता है रेचल फिलिप को देख बहुत ही सरप्राइज थी क्योंकि फिलिप और एमरोस ये बहुत से सेम दिखते थे फिलिप ने भी रेचल को जैसे इमेजिन किया था वो वैसी नहीं थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है तो उसे कुछ भी बोलता नहीं रेचल फिलिप को नर्वस देखकर कहती है अगर तुम चाहो तो स्मोक कर सकते हो रेचल ने कहा कि एम्ब्रोस ने मुझे इस रूम के बारे में स्टोरी बताई थी एक्चुअल में तुम्हारे एंड का था तुम्हारी एंड एक क्यूरेट के प्यार में पड़ गई थी जब उसका प्यार सक्सेस नहीं हो पाया तो बहुत सालों तक तो उसने कोई भी शादी नहीं की जब वो ओल्ड हो गए तो फिर से और एक क्यूरेट के प्यार में पड़ गई जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी रात शौक से उसकी डेथ हो गई थी ये स्टोरी रेचल ने अभी अभी बनाई तो इस बात पर ये दोनों बहुत हंसते हैं रेचल की पर्सनैलिटी बहुत ही लाइकेबल थी वो अगले दिन अपने हौस पर बाहर निकलती है अमरोज जो भी चीज़ें करता था जो भी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी ये सब वो ट्राई करना चाहती थी फिलिप भी उसके साथ आया ये दोनों साथ घूमते साथ चर्च में जाते तो सारे लोग इन्हें घूर रहे थे फिलिप ने अपने सब फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया और जब वे डिनर करते तो रेचल सबसे घुल मिल जाती है सबको बहुत पसंद आई थी डिनर के बाद रेचल ने फिलिप से कहा तुम्हें लुइस से शादी करनी चाहिए जिस तरीके से वो तुम्हें देखती है उसे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें बहुत लाइक करती है फिलिप कहता है कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं और मुझे पता है मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है रेचल यहाँ से जाना चाहती थी तो फिलिप कहता है कि यही रुक जाओ रेचल का प्लान था कि अलग सिटी में जाएगी वहां पर लोगों को इटालियन लैंग्वेज की लेसन देगी फिलिप उसे कहता है कि एक वीडियो के लिए लाइव बहुत ही डिफिकल्ट होती है तुम यहाँ रह सकते हो इस बात से रेचल बहुत ही हर्ट हो गई वो मानने नहीं वाली थी तो इसके बाद फिलिप अपने लॉयर के पास गया वो उसे कहकर रेचल को बहुत सारे पैसे दे देता है यहाँ से जाते वक्त लुइस से उसकी बात हुई फिलिप कहता है तुम उस दिन बहुत ही अपसेट थी लुइस कहती है तुमने नोटिस किया तुम तो सिर्फ रेचल में गायब थे सबने बात नोटिस की थी कि रेचल तुम्हें मैनुपलेट कर रही है फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है वो जब घर पर आया तो रेचल को उसने जो भी पैसे दिए थे इसी रिसिप्ट उसने उसे दिखाई रेचल इस बात पर गुस्सा हो जाती है इस तरीके से उसे कोई भी पैसों की जरूरत नहीं थी वो कहती कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो लोग क्या समझेंगे रात में फिलिप फिर से रेचल से मिलने के लिए आया तो रो रही थी फिलिप उसे समझाता है की अगर एमरुस जिंदा होता तो ये सारी चीजें तुम्हारी होती ये पैसे रहने के लिए उसे कन्विंस कर देता है रेजल कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ पर यहाँ से चली जाऊँगी फिलिप कहता है तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसने रेचल को कन्विंस कर दिया कि वह यही रहे इसके बाद फिर रेजल ने घर में बहुत सारे चेंजेस किए थे आसपास जो भी लोग रहते थे अगर उन्हें कोई भी बीमारी हुई तो रेजल उन्हें हेल्प करती थी एक दिन एमरोज से फिलिप को जो भी लेटर मिला था ये लेटर उसने रेजल को दिखाया रेजल कहती है तुम शायद मुझे हेट करते थे फिलिप कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला कि वो सब कुछ झूठ था फिलिप कहता है कि अब मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती उसने लेटर जला दिया ये अब डिसाइड करते हैं कि एमरोस के कपड़े वगैरह ये सारे लोगों को बांट देंगे ये सारी चीज़ें देखते देखते रेचल इमोशनल हो गई थी तो फिलिप ने उसे सहारा दिया अब इसके बाद क्रिसमस का टाइम आ चुका था फिलिप रेचल के लिए एक ट्री बनवाता वो अपनी फैमिली ट्रेजर के पास गया उसकी मदर ने अपने वेडिंग में जो नेगलेस पहना था उसे लेकर आता है ट्रेजर उसे कहता है कि अब तक तुम 25 इयर्स के नहीं हो तुम्हे ऑफिशियली ये सब नहीं मिला है फिलिप माना नहीं और ये लेकर गया रात में उसने रेचल को गिफ्ट किया रेचल को भी बहुत पसंद आया इसके बाद ये दोनों करीब आकर एक दूसरे को किस कर लेते इन यहाँ पर आज पार्टी थी फिलिप ने रेचल के लिए जो ट्री बनवाया था ये देख कर को बहुत अच्छा लगा पार्टी में सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया पार्टी में निक देखता है रेचल के पास फिलिप की मदर का नेकलेस है तो उसने फिलिप से बात की कहा कि तुम अब तक ट्वेंटी फाइव ईयर्स के नहीं हो तुम ये नेकलेस रेचल को नहीं दे सकते निक ने रेचल के अकाउंट्स भी देखे थे जो भी पैसे फिलिप ने रेचल को दिए थे इसमें से बहुत सारे पैसे रेचल ने खर्च कर दिया बाकी पैसे कंट्री के बाहर भी भेजे हैं फिलिप कहता है रेचल बहुत ही जेनरस है उसने घर में बहुत सारे चेंजेस किए वो लोगों को हेल्प कर दिए शायद इसी वजह से सारे पैसे खर्च हो गए उसके अकाउंट में और कुछ पैसे डाल दो निक कहता है कि मैंने रेचल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाली उसके फर्स्ट हजबेंड की डेथ एक फाइट में हुई थी एक और आदमी था जो रेचल को लाइक करता था उन दोनों में ही फाइट हुई थी फिलिप को इस सारी बातों पर बिलीव नहीं होता रेचल को थोड़ी देर में पता चला कि इस नेकलेस की वजह से इन दोनों में फाइट हो रही है तो जाकर ये नेकलेस निक को दे देती है फिलिप बहुत ही अपसेट हो गया वो कहता है कि अगर एमरोज जिंदा होता तो वैसे भी ये सब सारी चीज़ें तुम्हारी होती उसे तुम्हारे लिए विल लिखनी चाहिए थी रेजल कहती कि एक्चुअल में उसने एक विल लिखी थी पर कभी भी उस पर साइन नहीं किया फिलिप कहता है कि ऐसा क्यों रेजल ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी पर मुझे मिसकैरेज हो गया इस बात की वजह से एमरोज बहुत ही अपसेट हो गया था उसके बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया उसकी तबीयत और भी खराब हो गई और इसी वजह से उसने कभी भी विल पर साइन नहीं किया फिलिप ने विल देखी जो एमरोज की हैंड में थी उसने फिर डिसाइड कर लिया कि रेचल ये सब डिजर्व करती है तो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगा लॉयर भी इंटेलिजेंट था उसने लिखा कि रेचल ने अगर फिर से शादी की तो सारी प्रॉपर्टी फिलिप को मिल जाएगी फिलिप को पता था कि रेजल अब तीसरी शादी नहीं करेगी ये विल उसने क्रिएट कर ली एक दिन रेजल से मिलने के लिए उसके पास रेनाल्डी आया रेनाल्डी और रेचल एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये बहुत सारी बातें करते एक साथ टाइम स्पेंड करते ये सब बातें फिलिप को अच्छी नहीं लगी रेचल रात में आकर फिलिप को समझाती है कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं हमें बहुत सारी बातें करनी हैं इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए अब कल फिलिप ट्वेंटी फाइव ईयर्स का होने वाला था वो अपने लॉयर के पास गया अपनी फैमिली की सारी ज्वेलरी उसने ले ली रात में वो एक रोमियो की तरह खिड़की से चढ़ रेचल के पास पहुंचता सारी ज्वेलरी उसने उसे दे दी कहता है कि अब मैं ट्वेंटी ईयर्स का हो चुका हूं अपने हाथों से अपनी मदर का नेकलेस उसे पहना उसने कहा कि अब मुझे पता चल चुका है मुझ में क्या कमी है मैं क्या चाहता हूँ ये दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं सुबह फिलिप रेचल को नई व्हील देकर यहां से चला जाता है बाद में उसे मिलने के लिए गया पर रेचल अपने लॉयर के पास गई हुई थी फिलिप उसका बहुत वेट करता है वापस आने के बाद रेचल कहती है कि इस फिल्म में लिखा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसी को जानने के लिए मैं गई हुई थी फिलिप फिर उसे जलते जलते फूलों के गार्डन में लेकर आया यही बार वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है हम मूवी में देखते हैं कि रेचल हमेशा फिलिप को एक चाय देती है ये बहुत ही कड़वी है पर उसके हेल्थ के लिए अच्छी थी इसी वजह से फिलिप हमेशा इसे पी लेता है आज रात फिलिप की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लॉयर और उसकी बेटी लुइस आए हुए थे यही डिनर पर फिलिप अनाउंस करता है कि वो रेजल से शादी करेगा इस बात से रेजल गुस्सा हो गया रेचल फिर से अब तीसरी शादी नहीं करना चाहती थी उसने पूरी तरीके से फिलिप का प्रपोजल ठुकरा दिया नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कल रात के बारे में फिलिप और लुइस ये दोनों बात कर रहे थे फिलिप को पता है कि लुइस उसे लाइक करती है और फिलिप भी उसे लाइक करता है पर उसे लगता है कि शायद दोनों एक साथ रहे तो एक दूसरे को हेट करेंगे और वैसे भी वो रेचल से प्यार करता है वो फिर से उसे शादी के लिए पूछेगा लुइस कहती है कि जब तुमने विल बनाई नहीं थी तो तुम्हारे साथ थी जब उसे सारी प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई तो अब तुम्हारे साथ वो शादी नहीं करना चाहती इस बात से फिलिप डिस्टर्ब हो जाता है वो आकर रेचल के साथ बात करना चाहता था पर रेचल के साथ एक छोटी लड़की है रेचल कहती है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो ये मुझे कंपनी रखेगी वो फिलिप के साथ अकेले में बात नहीं करना चाहती इस सब की वजह से फिलिप की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई ऐसी हालत में रेचल उसका बहुत ख्याल रखती है बहुत दिनों तक वो अनकॉन्शियस था और थोड़ी दिनों बाद वो फिर से ठीक हो गया एक दिन फिलिप जब एमरोस की बुक्स देख रहा था तो एक बुक में लिखा था रेचल मुझे मारना चाहती है इसके बाद फिलिप फिर से रेचल पर शक करने लग गया एक दिन वो उसका पीछा करता है तो रेचल जाकर रेनाल्डी से मिल रही थी इस बात को लेकर उसने उसे कन्फर्म किया रेचल कहती कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त थे पिछली बार तुम उस पर गुस्सा हो गए थे इसी वजह से मैंने फिर से तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया फिलिप कहता है कि उसे जाने के लिए कहो पर रेचल इस बात को मानने वाली थी वो कहती कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है मुझे जो लगे वो मैं कर सकती हूँ एज माई प्रोटेक्टर वो इस घर में रह सकता है इस बात पर फिलिप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया उसने उसका गला पकड़ लिया था रेजल इस बात पर रोने लग गई वो कहती है यही सारी चीजें एमरोस के साथ भी हुई थी ये वो फिर से नहीं झेल सकती हमेशा सारे आदमी उसे बांध कर रखना चाहते थे ये बात उसे पसंद नहीं अब वो फाइनली फ्री है हमने मूवी में देखा था कि रेजल ने एमरोस के सारे कपड़े लोगों को दे दिए थे एक दिन एक आदमी फिलिप के पास आया एमरोस के शर्ट में एक नोट थी ये नोट फिलिप ने पड़ी इसमें लिखा है कि रेचल मुझे पॉइजन देकर मार रही है जो टी मुझे वो उसकी टी में टीम है, है। फिलिप जो भी शक रेचल पर करता था ये सारा कन्फर्म हो गया ये सब बाद वो लुइस को बताकर उसकी हेल्प लेता है एक दिन लुइस फिलिप के पास आई हुई थी रेचल कहती कि मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहती हूँ उसके जाने के बाद फिलिप और लुइस सारे घर को ढूंढते उन्हें रेचल के खिलाफ कुछ एविडेंस चाहिए था इन्हें एक लेटर मिला जो रेनाल्डी ने लिखा था रेनाल्डी रेजल को बुला रहा था कि वो भी उसके साथ आकर इडली में रहे रेजल ने उसे आंसर दिया था कि वो फिलिप को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती इसमें रेनाल्डी लिखता है कि अगर तुम चाहो तो उसे भी लेकर आ सकते हो इस लेटर की कन्वर्सेशन से ने पता चला कि एक्चुअल में रेनाल्डी के है रेचल और उसके बीच में कुछ भी नहीं था वो दोनों एक्चुअल में सिर्फ फ्रेंड्स थे ये पता चलने के बाद फिलिप को बहुत पछता हुआ रेचल पर उसने शक किया वो जल्दी से राइड करते करते रेजल के पास आ रहा था पर उसने देखा कि क्लिफ से नीचे गिरकर कर रेजल की डेथ हो चुकी है ये क्लिफ इतनी स्ट्रांग नहीं थी एक बार फिलिप भी यहाँ से नीचे गिरकर मरने वाला था रेजल को इसके बारे में पता नहीं था तो इसी वजह से उसकी नीचे गिर डेथ हो गई। जो भी हुआ इसको लेकर फिलिप बहुत पसता है रेजल हमेशा एमरोस के साथ फेथफुल थी पर एमरोस को ट्यूमर था इसी वजह से सारी चीजें इमेजिन कर रहा था इसके बाद मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है हम देखते हैं फिलिप और लुइस ने शादी कर लिया इनके दो बच्चे भी हैं ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे फिलिप ने रेचल के साथ जिस तरीके से बिहेव किया इसको लेकर आज भी वो पछताता है वो वंडर करता है कि वो जिस तरीके से है? ऐसा रहकर वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए